Oh एक no. जनवरी दो हजार तेईस मेरी तरफ से आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर तो दोस्तों इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है बहुत मेहनत और बहुत पैसा खर्च किया इसने इस कटिंग <laughs> मैं पागल जिद्दी हूँ और जिद्दियों का कोई अस्पताल नहीं हो